मैं अपनी औकात पे नाज नहीं करता लोग गाली देते हैं मैं ऐतराज नहीं करता कि मैं अपनी औकात पर नाज नहीं करता लोग गाली देते हैं मैं ऐतराज नहीं करता और मुझे अल्लाह की बातें रोकती है साहब वरना मैं किसी के बाप से नहीं डरता और अजीब से हैं ये लोग गजब की बात करते हैं अजीब से हैं ये लोग गजब की बात करते हैं और साथ बैठने के लायक नहीं और अवकात की बात करते हैं